ये माला है माला कक्षा छह में पढ़ती है माला प्रतिदिन विद्यालय समय से जाती है माला को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है माला प्रकृति प्रेमी भी है माला